सो हेलो हाई गुड मॉर्निंग गाइज़ माई नेम इज़ हेमंत कुमार एंड यू आर वॉचिंग पहाड़ी रिएक्सन तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है आ, संदीप महेश्वरी सर की वीडियो विद खान सर तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक वीडियो होने वाली है और मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं वैसे कितने लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेकर के <laughs> तो मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका जो हमारे आज के गेस्ट हैं तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और बढ़ जाएगा बताता हूँ की अगर बात करी जाए तो करोड़ों चैनल है जो अलग अलग जॉनल्स में अलग अलग, अलग कैटेगरीज में है yes. में से दो बड़ी कैटेगरीज है मोटिवेशन और एजुकेशन एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का नंबर वन मोटिवेशन चैनल है वो मेरा और जो वर्ल्ड का नंबर वन एजुकेशन, एजुकेशन चैनल है किसी वो किसी क्रिएटर का वो उनका है जो कि हमारे गेस्ट हैं। उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है चाहिए क्रेज ही अलग है भाई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 उस हिसाब से वो सही है ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है वैसे एजुकेशन जरूरी है वो ये नहीं कह सकता कि पैसे के वजह से से वो खान सर लौट गया क्या बात? अगर जो ऐसी सोच, अगर जो हर किसी टीचर में होगी ना तो इंडिया मतलब अलग ही लेवल पे जाएगा एजुकेशन और स्किल्स के उसमें मैंने देखा कि आपका ये जो चैनल है कि पिछले एक दिन में हम हम किया, वाला था। हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं छह सात वीडियो एक ही बार शूट कर लिए और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरा था मेरे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम और कैमरा पैंतीस हजार का था तो छह महीना का <laughs> तो उनके लेवल पे मतलब कोई इतना स्पेंड करता नहीं है। लॉकडाउन लगा तब हम कहे आप कैसे पढ़ाएंगे तो एक दिन दो दिन दो करते करते अचानक लंबा हो गया तब हमको याद आया कि ओहो मेरा एक चैनल भी है <laughs> तो उस समय लगभग सब्सक्राइबर पढ़ाना चालू किया और पता नहीं क्या लोग पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना मतलब, <laughs> मतलब, मतलब सौ से से है, है, है, तो दो सौ साल मेंटली हजार साल कर देंगे उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया उन्होंने ऐसा डिजाइन किया की टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा के चला जाए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती है पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना वो सही बात है समझा अगर जो बच्चे के समझ में नहीं, नहीं आएगा गया, तो आपकी गलत बच्चों को टीचर्स से पूछते, पूछते हैं है वो बताते तो ही नहीं टाल देते हैं कल आप बोलते हैं मानना पड़ेगा और शायद यही वजह है इनकी जो ग्रोथ है उसका किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा की पिछले दो साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है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 फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता उसको इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे, गिरे कुछ थे बम भी गिरे थे कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था पता नहीं वो <laughs> मतलब आपके आसपास बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है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 और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से है ना तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं हैं आपसे और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे है ना और एक एक और क्वेश्चन करने वाले है, है? वो उसके वो बारे, बारे में बताइए मुझे मतलब करना है सर ठीक है और संदीप सर को देख ली मेरा तो वैसे ही हो जाना है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 और डर का होना बहुत जरूरी है सही डर भी अपने आप अगर जो किसी आ, मतलब किसी भी इंसान को अगर जो थोड़ा सा पुश करने के लिए अगर जो थोड़ा सा पनिशमेंट भी देना पड़ रहा है तो आई बिलीव वो गलत नहीं है क्योंकि उसके लिए उसके पोटेंशियल और निकल के आ रहा है बाहर आ, मतलब उस पर्सन का मतलब कि पोटेंशियल और ज़्यादा निकल के आ रहा है तो आई बिलीव मतलब पुराने की पुरानी जो मतलब हमारी आ, एजुकेशन सिस्टम में पनिशमेंट की जो वो थी आ, तो वो काफ़ी हद तक सही थी और रही बात यूपीएससी वाले की जो आपने बोला बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की क्योंकि दो लाख फीस सारे लोग एफर्ट नहीं कर सकते सही और बात हमारा वही रहता है हम हम तो ढाई लाख रूपये कहाँ से तो ऑल ओवर इंडिया से कश्मीर से कन्याकुमारी तक गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है यही कुछ हजार रुपया मंथली बारह चौदह हजार साल का पड़ेगा खत्म हो जाएगा इतना नहीं मतलब क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है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 बाद में पता चला हम पीटे हैं तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे बात न बड़े बात सर आपका सबसे बड़ा डर क्या है <coughs> आप दोनों का? फौजी को डरें नहीं लगता है। सही <laughs> बात <laughs> <laughs> बाकी <अफसार> से पूछिए। <laughs> आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कहानी सुनकर के डर लग रहा है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 तो नहीं नहीं तो सो जाना जा तुम इधर सो जाना आपकी शादी होगी नहीं हुई अभी मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा भाई सेंस ऑफ यूमर बहुत गजब का है भाई खान सर का मानना पड़ेगा ये तो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 Then there से छोटे कर दो दैट इज नंबर वन और जैसे ही करना शुरू करते हो कोशिश करो की उसको जब तक आप सही से नहीं कर लेते हो उसको छोड़ना नहीं है तो आपकी लेजी खत्म हो जाएगी कई लोगों को तो हमने देखा जो सप्ताह में कुछ भी नहीं करता वो भी संडे को आराम कर रहा है। <laughs> <laughs> <laughs> है, है। सही सही बात बात <laughs> वैसे कहा भी Point जाता है, है कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है ऐसे आदमी को मत दो जो खाली है ये परफेक्ट एकदम किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब ठीक था, ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा हाँ, एक खत्म हो गया अब दूसरा करना चाहिए और वही जिसको देखिएगा खत्म हो चीज आराम करना चाहिए कभी नहीं। में, आखरी सांस so, पे सब में पूछते, इंग्लिश में भोजपुरी जो भाषा ठीक लगे तोने की जैसे <laughs> <आगा। laughs> तो कभी कभी डेली टारगेट्स जोला वो तो कंप्लीट ना होला अगर टारगेट्स कंप्लीट भी होला तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर वो एनजाइटी या फिर क्यों और करना है या फिर अभी नहीं हुआ वो चीज हमेशा रह तो वो कम कैसे कर देखिए टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए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 कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा पैर तोड़ के बैठ जाएगा मतलब <laughs> <laughs> मतलब देख के के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे ढकेल देंगे तुमको हालांकि <laughs> <laughs> <laughs> ऐसा कर देते हैं लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं क्षमता पता होना चाहिए आपके अंदर एग्जाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंग्जाइटी हो रही है आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंगजाइट हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आपके अंदर आप क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं उनको पढ़ने के नाम से एंग्जाइटी होती है <laughs> तो आपको एंगजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया दिन में मान लो आठ घंटे का आपने टारगेट सेट किया और छे घंटे पढ़ लिया या मान लो आठ घंटे भी पढ़ लिया फिर भी एग्जाइटी हो रही है कि मैंने दस घंटे नहीं पढ़ा तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना yes. ये तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की क्वालिटी है क्योंकि उसी को परवाह है उसी की तो एग्जाइटी होती है जैसे माँ को अपने बच्चे की जैसे एक माँ को अपने बच्चे के जैसे एक माँ, माँ को अपने बच्चे को लेकर के एंगजाइटी होती है हसलो हसलो मजाक उड़ा कोई बात नहीं एडिट कर देंगे इसको हम <laughs> <laughs>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 कैसे घर जाते और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहेंगे बहुत टेंशन हो गया अब घर जाना चाहिए रूम पे तो किराए के रूम पे आदमी सारे लोग रहते गए वहाँ पे तो रूम लॉक हो गया था तुम खटखटाए तो ऊपर खट तो से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे क्या टाइम हो गया है तुम कहीं 9 दस बज रहा होगा घर देखिए तो देखिये तो दो बज रहा था रात का दो ढाई बज गया था टेंशन में आप तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता तो इससे घबराना नहीं है कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है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 से कि आपका दिमाग यहाँ तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर के आ सकता हूँ सोचना ही बहुत लोगों के बस का नहीं है मेरी एक की हमको कोई सौ रुपए किसी काम के लिए दिया हम सबसे यही करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसे दो का रिटर्न दे अगर कोई हमसे दो सौ फीस दे रहा है ढाई दे रहा है तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे की नहीं भैया हमने दस बीस हजार का पढ़ लिया यहाँ पर वो ईमानदारी से कभी कमी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 आ, कभी कभी देखिए एक चीज है संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है चीज को हमेशा संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं संगति का मतलब है संग संग गति तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी खराब में रहेंगे तो ये भी होता है बट अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाए इसके लिए नहीं आए लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते हैं हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से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 तू अपने बनाए इस से बाहर निकल के देख तू अपने आप में एक सिकंदर मानना पड़ेगा तो रिएक्शन वाज वेरी गुड यू नो तो खान सर के एक तो खान सर का जो लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत ज्यादा अच्छा है मतलब कि वो बीच बीच में कॉमेडी करते हैं बीच बीच में मतलब पोएम uh, लाइक ऐसी बातें बोल जाते हैं कि शायद उन्हें भी पता नहीं होगा कि वो ऐसी बातें बोल जाते हैं राइट तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और वो दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने काफ़ी इस वीडियो में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं कि आ, मतलब कि अगर जो आपने अपना टारगेट दूसरों को देख के मतलब अपना टारगेट नहीं बनाना है अपनी पोटेंशियल अपनी अपनी स्ट्रेंथ को देख के अपना टारगेट्स बनाना है ठीक है अपने टारगेट्स अपनी पोटेंशियल और अपने लाइक अपनी, अपनी काबिलियत को देख के अपनी अपने टारगेट्स बनाइए और अगर जो आप वो टारगेट पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं आधे तक भी जा रहे हैं तो ऐटलीस्ट आप मेहनत तो कर रहे हैं बहुत सारे बंदे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि मेहनत भी नहीं करते सिर्फ सोचते ही रहते हैं ठीक है तो काफ़ी अच्छी आ, वीडियो थी तो इफ़ अगर जो आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर फॉर्दर अपडेट्स थैंक यू यू हैव गेट एट बाय